मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की हनुमान भक्ति किसी से छुपी नहीं है और ना ही उनकी भक्ति किसी दिखावे की मोहताज है कुछ राम को अपना अधिकार है लेकिन कमलनाथ कभी भी पॉलिटिकली भगवान के नाम का सहारा लेते हुए नजर नहीं आते हैं प्रभु हनुमान के लिए उनकी भक्ति किसी प्रमाण की मोहताज नहीं है कमलनाथ अपने इष्ट हनुमान जी को प्रसन्न करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते हैं। धार्मिक राजनेता कमलनाथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक धार्मिक प्रवृत्ति के राजनेता हैं। सदैव धर्म के मार्गदर्शन में राजनीतिक फैसले करने वाले कमलनाथ बजरंगबली के बड़े उपासक हैं। कमलनाथ हनुमान जी को ज्ञान और गुरो का सागर मानते है बाल्य से ही कमलनाथ को हनुमान जी के चरित्र ने बहुत आकर्षित किया और वे बजरंगबली के भक्त बन गए। कमलनाथ कभी अपनी धार्मिक आस्थाओं को प्रकट नहीं करते लेकिन उनकी कला बताते हैं उनके मन में भी किए कहा विश्राम वाली बात बनी रहती है छिंदवाड़ा में उनकी हनुमान भक्ति किसी से छिपी नहीं है लेकिन जब वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो वे राम के लिए एकदम आतू नजर आए सबसे पहले उन्होंने गाय और गौशाला के प्रोजेक्ट के जरिए अपनी मंशा जाहिर कर दी इसके बाद रामवन गमन पथ पर उन्होंने काम आरंभ किया और एक ठोस योजना को अम्ली पहनाना शुरू किया उन्होंने श्रीलंका में भव्य सीता माता का मंदिर बनवाने का काम का श्रीगणित किया प्रचार और प्रोटेगेंडा से दूर रहकर कमलनाथ ने राम सरकार की नगरी ऊर्छा को सवारने का काम का आगाज किया कमलनाथ की मान्यता है कि ऐसा करके भी अपने इष्ट को प्रसन्न करने के साथ प्रदेश को एक खुशहाल राम राज्य वाली अवस्था में ले जाना चाहते हैं। कमलनाथ के इन धार्मिक कामों के कारण भाजपा को हमेशा समस्या होती रही है और कमलनाथ हमेशा भाजपा के आखिरी किरकिरी बने रहते हैं। लेकिन हनुमान भक्त कमलनाथ इस सबसे परे सब सुख लह तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना वाले अंदाज में अपने काम को अंजाम ंग देश मैन पावर टू दस्टनीज इन दर्ल्ड एल एन सी टी ग्रुप चूज दू ब सेवन डबल फोर जीरो ट्रिपल सेवन ट्रिपल वन